तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि विडमेट आसानी से किस तरीके से डाउनलोड किया जा सकता है और कहां से डाउनलोड किया जा सकता है कुछ लोगों को प्ले स्टोर पे जो है विडमैट जो है इतने तरीके से बहुत सारे विडमेट दिखते होंगे इसमें से पहचानना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा विडमेट ओरिजिनल है तो दोस्तों चलिए मैं आप लोग को बता देता हूँ कि कहाँ से विडमेट हम विडमेट जो है हम ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए चलते हैं पहले हम जाएँगे अपने गूगल ब्राउज़र पर यहाँ पर हम सर्च करेंगे विडमेट तो जैकि जैसा कि हमने दे, आप देख रहे होंगे हमने पहले से ही पीडमैप जो है सर्च कर रखा है तो जैसे कि आप सर्च करेंगे तो आपका फ्रंट ऑप पेज इस तरीके से आएगा तो आप पहले वाले लिंक पे आप क्लिक करेंगे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने फ्रंट ऑफ पेज ऐसा आएगा ऑफिशियल डाउनलोड ये औरिजिन कलर के उसमें पट्टी पर लिखा होगा तो आप उसको क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने फ्रंट ऑफ पेज ऐसा आएगा डाउनलोड पे आप क्लिक करेंगे नीचे तो जब आप डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ आपका डाउनलोड फ़ाइल जो है डिटेल इस तरीके से आ रही होगी क्योंकि आपको अगर देखना चाहते हैं कि हम चीज़ डाउनलोड जो कर रहे हैं वो कहाँ पर हो रही है तो आप लोग को क्रोम ब्राउज़र पर जाना है क्रोम ब्राउज़र पर जाने के बाद आप लोग को डाउनलोड पर जाना है तो आप देखेंगे आपकी विडमेट की फ़ाइल जो है डाउनलोड हो रही है तो चलिए जब तक डाउनलोड हो रही है हम इसको डाउनलोड होने देते हैं जब ये डाउनलोड हो जाएगी तो हम आपको चला के दिखाएँगे किस तरीके से उसको इस्तेमाल किया जाता है तो चलिए विडमेट की जो फाइल डाउनलोड हो चुकी है तो हम इसको ओपन करते हैं अब तो जब हम ओपन ओपन करेंगे तो इस इस तरीके का कुछ पेज आएगा तो आपको इंस्टॉल इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद जब इंस्टॉलिजिंग होगी तो इस तरीके से आपके पास एक पेज ओपन आ जाएगा यहाँ पर डन ओपन लिखा होगा वो ओपन पर आप क्लिक कर देंगे ओपन में क्लिक करने के बाद इस जो लोगो आएगा विडमेट का ये ओरिजिनल लोगो है इसी के इसी को देख करके आप समझ सकते हैं कि ये ओरिजिनल विडमेट ऐप है और ये कुछ प्रोसेसिंग हो रही है डाउनलोड हो रहा है तो ये सारा प्रोसेस होने हो जाने के बाद आपके पास सेलेक्ट लैंग्वेज का ऑप्शन आएगा तो आपको जो भी लैंग्वेज सूटेबल लगती है आप उस पर क्लिक कर लेना मैं इंग्लिश पे कर देता हूँ इंग्लिश पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको ऑप्शन आएगा अलाउ कर देना है ये कोई लिंक है जो कि आपको कॉपी पेस्ट किया होगा आपने पहले कभी जैसे कि मैंने कर रखा था तो आपको शो कर रहा है तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि कितनी आसानी से जो है वेडमेट चालू हो गया और एक चीज़ मैं आप लोग को बता देता हूं जैसे कि आप लोग को कोई भी वीडियो को डाउनलोड करना होता है या कोई भी वीडियो को कापी पेस्ट करके उसका लिंक जो है डाउनलोड करना है अपने ही चैनल पर उसको अपलोड करना है तो मैं आप लोग को वही बता देता हूं। तो चलिए चलते हैं YouTube पर YouTube पे जाते हैं YouTube पे जाने के बाद जैसे मान लीजिए आप लोगों को कोई भी एक वीडियो जो है डाउनलोड करनी है जैसे कि मैं अपनी ही एक वीडियो जो है मेरा ही YouTube यूट्यूब चैनल है जो जिस पे मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं। तो आप मेरे ही कोई भी एक वीडियो पर जाएँगे जैसे मान लीजिए मैं एक कोई भी एक वीडियो लेता हूँ और उसके शेयर करने के बाद क्लिक और ये डाउनलोड का ऑप्शन जो है यहाँ पर आ गया तो अभी हम लोग को क्या करना है हमको वीड मैट पर जाना है जहाँ हमने डाउनलोड किया था और यहाँ पे सर्च और एंटर यूआरएल कोड जो होता है लिंक आपको यहाँ पर पे कापी पेस्ट वो कर देना जब आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपका सर्च कर देना है सर्च करने के बाद इस तरीके से आपके पास जो है डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा और वो वीडियो जो थी आपने जो लिंक उसका कॉपी करके करा था यहाँ पे पेस्ट किया वो वीडियो आपको शो करेगी जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वीडियो शो कर रही है ये वीडियो वही आ गई है तो इसको डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ पे जो है नीचे एयरों का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आप इसके ऊपर क्लिक कर देना तो दोस्तों अगर आप मेरी वीडियो पे नए हैं चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और लाइक भी कर देना शेयर भी कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर कर देना तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए